एग्जाम में जब आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करवाया जाता है और डेट की कैलकुलेशन करवाई जाती है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा टाइप ऑफ डेट अवेलेबल है क्या आपके पास बैंक लोन है इ है रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल डेट मौजूद है तो एज़ फार एज़ रिडीमेबल डेट इज़ कंसर्न इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हमने आई अप्रोच इस्तेमाल की थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच इस्तेमाल की थी और बैंक लोन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सिंपल सा और इिडीमेबल के लिए आपने एक फार्मूला अप्रोच इस्तेमाल की राइट right? अच्छा जी सो so अगर एक कंपनी डेट इशू करती है और कंपनी एक ऐसा डेट इशू करती है जिसमें इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि हम आपको हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे और आपके पास ये चॉइस होगी कि मेचोरिटी के ऊपर या तो आप उस डेट को रिडीम करवा लेना या कन्वर्ट करवा लेना इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स अगर ये ऑप्शन दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ़ द डेट किसको इन्वेस्टर को कि वो रिडीम भी करवा सकता है और कन्वर्ट भी करवा सकता है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स तो इन्वेस्टर क्या करेगा ऑब्वियसली इन्वेस्टर ये देखेगा कि उसको अगर रिडीम करवाने में क्या मिलता है और अगर वो शेयर्स कन्वर्ट करवाता है तो उसको क्या मिलता है फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर रिडीम करवाता है तो उसको एक डेट के ऊपर हंड्रेड डॉलर रिटर्न होते हैं और अगर वो कन्वर्ट करवाता है तो उसको 20 शेयर्स मिलेंगे एक शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 6, तो उसके पास 120 डॉलर आएंगे तो हम एज एन इन्वेस्टर क्या चीज ऑप्ट करेंगे ग्रेटर ऑफ तो हम डिसाइड करेंगे इस एग्जांपल के अंदर कन्वर्जन इज अ बेटर ऑप्शन इस तरह यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है शेयर्स की वो 100 डॉलर से कम हो फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन ये बनती है कि वो रिडीम करवाएगा तो उसको 100 डॉलर का कैश मिलता है और अगर वो कन्वर्ट करवाएगा तो उसे 20 शेयर्स मिलेंगे और शेयर प्राइस इस वक्त चल रही है 4.50, पॉइंट so सो वैल्यू कितनी बनती है 20 शेयर्स की वैल्यू बनती है 4.5 के हिसाब से 90. So अब यहां पर ग्रेटर ऑफ में इन्वेस्टर क्या चूज करेगा कि मुझे कैश दे दिया जाए, in so ये इन्वेस्टर का डिसीजन है कि उसे कैश लेना है या उसे शेयर्स लेने. ठीक है अच्छा नॉर्मली क्या होता है क्योंकि कन्वर्टेबल डेट में इन्वेस्टर को यह ऑप्शन दिया जाता है कि चॉइस होती है तो इसलिए कन्वर्टेबल डेट का इंटरेस्ट रेट यूजुअली नॉर्मल या सिंपल डेट से कम होता है इंटरेस्ट रेट इज लो एज कंपेयर टू सिंपल डेट सो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल डेट इज मच चीपर देन सिंपल डेट यार वो वॉट डेटो उनको बोलना यार वो आप मेरे साथ लाइव हो भाई मुझसे बात कर लो हेलो हेलो अगर एक कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट इशू किया तो उसकी जो कॉस्ट होगी कंपनी के लिए वो कैसे कैलकुलेट की जाए क्योंकि तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट तो हमें पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिडीम करेगा या कन्वर्ट करवाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर अच्छा ये ऑप्शन इन्वेस्टर के पास होता है राइट कंपनी ये ऑप्शन अपने हाथ में नहीं रख रही इन्वेस्टर को दे रही है सो so ये इन्वेस्टर की अपनी डिस्क्रिप्शन पे है कि वो क्या करना चाहता है सही है तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, ये फाइंड आउट करना कि इसकी लाइफ के ऊपर इसका परिणाम रिटर्न कितना होगा रिडीमेबल डेट अगर सिंपल था तो हमने आई अप्रोच के जरिए निकाल लिया था तुम लोगों को आई अप्रोच क्लियर हुई किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिर दोनों को जीरो पे लेकर आते हैं ठीक है तो कन्वर्टेबल डेट में जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जाएंगे या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने जाएंगे तो अप्रोच वही रखेंगे कौन सी अप्रोच रखेंगे? रखेंगे उसी तरीके से निकालेंगे सही है तो अगर जब हम आई अप्रोच से सॉल्व करने जाएंगे तो आई आर अप्रोच में हम क्या करते हैं आई अप्रोच के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कैश फ्लो जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट के हिसाब से जब हम कैश फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहते हैं ईयर जीरो में हम क्या रखते हैं मार्केट प्राइस ये तो हमें मिल जाएगी फिर उसकी लाइफ के ऊपर हम इंटरेस्ट दिखाते हैं ये भी हमें मिल जाएगा लेकिन जब पांचवा साल आएगा तो अब पांचवें साल में मैं क्या, रखूं? रखू? रखू? क्या रखू रिडम्शन रखू कन्वर्जन रखू वॉट क्या रखूं? ये मेरा सवाल है तुम लोगों से क्या रखना चाहिए कन्वर्जन रखू रिडम्शन रखू क्या करेगा इन्वेस्टर सर सर अच्छा क्यों आपको कैसे पता Sir, नहीं? इन्वेस्टर रिडीम करवाएगा तो, तो, तो, तो ट नहीं, नहीं, तो अभी, अभी तो कर रहे हैं अकाउंटिंग को ही कर रहे हैं इसकी स्टूडेंट हाँ। ने मैसेज किया हायर ऑफ वन वेरी गुड हायर ऑफ वन ये हायर ऑफ कहा आएगा आज कैसे पता लगेगा हायर ऑफ क्या है हायर ऑफ रिडम्शन वैल्यू रिडम्शन वैल्यू तो हमें पता होगी कन्वर्जन वैल्यू इन दोनों में से जो हायर ऑफ होगा वो लेंगे सही है? अब हायर ऑफ मुझे कैसे पता लगेगा रिडम्पन तो मुझे पता होगी कन्वर्जन वैल्यू मैं आज एस्टिमेट करूंगा कि पांचवें साल के एंड पे क्या होगी क्वेश्चन में मुझे एस्टिमेट करनी पड़ेगी कि पांचवें साल के एंड पर कन्वर्जन वैल्यू क्या बनती है? अगर कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा हुई तो मैं कन्वर्जन वैल्यू रखूंगा और अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हुई तो मैं रिडम्पशन वैल्यू रखूंगा इसलिए मैं यहां लिख देता हूं आयदर हम रिडम्पशन वैल्यू लेंगे या कन्वर्जन वैल्यू लेंगे ये डिसाइड कर लेंगे आज और फिर आई आर अपना नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये बात जहन में रखें रिडीमेबल सिंपल रिडीमेबल में और कन्वर्टेबल में मेन फर्क क्या है आखिरी साल यानी कर कर अच्छा अब ये इतना आसान काम नहीं है कि आप पांच साल के बाद ये कर सकेंगे यह प्रिडिकीन जस्ट गिव यू फॉर्मूला कन्वर्जन वैल्यू निकालते वक्त हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर उसको कितने number of shares मिलेंगे? ये तो हमें पहले से पता होंगे ये तो agreement के अंदर पहले से लिखा हुआ होगा कि आपको 10 शेयर मिलेंगे 20 शेयर मिलेंगे 25 शेयर मिलेंगे ये पहले से हमें पता होगा ये तो हमें पता है लेकिन उसकी शेयर प्राइस क्या होगी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें आज हमें ये एंटीसिपेट करना है एस्टिमेट करना है कि पांच साल के बाद शेयर प्राइस क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे एस्टीमेट करेंगे ये एक्चुअल नहीं बता सकता मैं आज क्या होगी और फिर नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा कन्वर्जन वैल्यू रिडम्पशन आज डिसाइड कर लिया जाएगा कितना होता है कन्वर्जन वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता होंगे मुझे कन्वर्जन पे कितने मिलेंगे लेकिन कन्वर्जन जब मैं करूंगा तो उस वक्त शेयर प्राइस क्या होगी ये मुझे नहीं पता तो हम सवाल सॉल्व करते वक्त शेयर प्राइस को एस्टीमेट करेंगे और उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मसलन फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि 20 ऑर्डेनरी शेयर्स मिलेंगे 20 ऑर्डेनरी शेयर्स मिलेंगे इन फाइव ईयरस टाइम और आज शेयर प्राइस चल रही है नाउ डॉलर फाइव पांच साल के बाद शेयर प्राइस क्या होगी तो आपको सवाल में शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ प्रोवाइड की जाएगी फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस की ग्रोथ है छह परसेंट यह आपको क्वेश्चन में गिवेन होगी ना फाइंड आउट नहीं करनी होगी ग्रोथ तो आप कहेंगे ठीक है पांच साल के बाद क्या होगा मैं पता लगा लेता हूँ आज प्राइस क्या है पांच वन पावर वन प्लस पावर फाइव पांच साल के बाद प्राइस क्या होगी डॉलर फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स पावर फाइव इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा है किसी के पास कैलकुलेटर कैलकुलेटर लेके बैठा करो यार अगर किसी के पास है तो सॉल्व कर ले आई गेस इट्स पॉइंट सिक्स नाइन चले एज्यूम कर लेते हैं आई थिंक ये सही है सिक्स पॉइंट सिक्स इस तरीके से हम शेयर प्राइस को एस्टीमेट करके निकालेंगे सही है सेट है एस्टीमेट करके निकालेंगे तो हमारे पास शेयर प्राइस आ गई कितने शेयर्स देगी कंपनी कंपनी मुझे दे रही है ट्वेंटी ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन सो ये बनेगा वन थर्टी थ्री पॉइंट एट रफली आप कह सकते हैं वन देगी कंपनी मुझे तो so, इस तरह से एग्जाम में आपको कन्वर्जन वैल्यू निकालने को दी जाएगी और हो सकता है कि यही कन्वर्जन वैल्यू निकालने के लिए आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज दे दिया जाए फाइंड आउट कन्वर्जन वैल्यू और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करनी पड़े ठीक है तो अब हम चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट विद देल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फिर मैं आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कभी भी अगर कन्वर्टेबल डेट आया तो हम उस कन्वर्टेबल डेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे सही सो अंपनी इशूड अ कन्वर्टेबल लोन नोट जी भाई सर एक मिनट के स्क्रीन पीछे करेंगे थैंक यू क्या करोगे नोट करोगे कैलकुलेशन कर रहा था रहा था था ना उसे मैं आंसर कि सही है यही okay, okay. Okay, okay. अच्छा, सही है है चक्कर ओके ओके ओके अच्छा कंपनी ने डेट किया उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट या रेट कंपनी ने डिसाइड किया एन एम होगा सही है वो रिडीम हो जाएगा इन फाइव इयर्स टाइम पांच साल के अंदर रिडीम हो जाएगा इसके ऊपर रिडीम होगा फाइव परसेंट प्रीमियम के ऊपर रिडीम होगा यानी कि पार वैल्यू के ऊपर अब पांच परसेंट हम उसको देंगे ठीक है आज उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इज डॉलर एटी पार वैल्यू हंड्रेड होती राइट right? और नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन अगर वो कन्वर्जन करवाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स उसे मिलेंगे ट्वेंटी ठीक है कंपनी पे थर्टी परसेंट टैक्स आर एन एम एक्स रेटे तीस परसेंट ठीक है आज करंट शेयर प्राइस चल रही है देखो स्टॉक मार्केट के अंदर share, आज देखा स्टॉक मार्केट के साथ क्या हुआ है पिछले दिन क्या हुआ था आजकल स्टॉक मार्केट हजार हजार पॉइंट से गिर रही क्यों कोई बताएगा इसलिए इस चीज़ की अनसर्टेनिटी ये को बिजनेस का रीजन है हम्म और दो तीन और फैक्टर हो सकते हैं ग्लोबली भी देखा जाए तो हम्म तो इस वक्त इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में ना करे है। और अगर कर रहा है, जैसे यही है क्योंकि तो स्टॉक मार्केट का एक फिना होता है की जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो शेयर खरीदने चाहिए और जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो शेयर्स बेचने चाहिए तो इस वक्त मार्केट जितना गिरती जाएगी इन्वेस्टर के पास मौका है कि वो लो प्राइस के ऊपर खरीदता जाए एक टाइम आएगा देगे। जब ये कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा जब इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा आप उसको बेच दें और कैपिटल गेन हासिल टाइम वैल्यू मनी टाइम वैल्यू मनी का बस में तो एक कंसेप्ट आएगा ना कि मैंने इस वक्त लगाया था और अगर मुझे फ्यूचर में मिल जाए तो क्या उसको इतना है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल ओके ठीक है ये पीए पीए पीए लिखा आ, टेक्स लिखा PA, टेक्स के बाद पर पर एनम टैक्स रेट तीस परसेंट अब हम इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जा रहे हैं मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं एक कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट इशू किया उसका कुपोन रेट है आठ परसेंट पर एनम एम रिडम्शन इन फाइव इनम फाइव परसेंट पर एन मार्केट वैल्यू वैल्यूज 85 नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो कन्वर्जन के ऊपर 20 मिलेंगे, 30 कर रही है, $4 है और आगे बढ़ते हैं अब हम अपना वही आई आर आर अप्रोच से इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने की कोशिश करते हैं अच्छा आगे बढ़ते है तो हम वही टेबल बनाते हैं अपना लेकिन टेबल बनाने से पहले मैं काम कर लेता हूँ रिडम्पशन और कन्वर्जन को कंपेयर कर लेता रिडम्पशन पे क्या मिलेगा रिडम्पशन पे वो कह रहे हैं कि आपको 5% ज्यादा मिलेगा तो अगर 100 पार वैल्यू है तो मुझे कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 105। या तो मैं ये ले लूं और या तो मैं कन्वर्ट करवा लू अगर कन्वर्जन करवाऊंगा तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर के ऊपर क्या वर्थ मिलेगी उसका फॉर्मूला क्या बनता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस शेयर प्राइस मुझे दी हुई है डॉलर फोर लेकिन वो तो आज की है ना डॉलर फोर पांच साल के बाद क्या होगी तो मैंने शेयर प्राइस निकालनी है आफ्टर फाइव ईयर उसके लिए मुझे ग्रोथ चाहिए आज शेयर प्राइस चल रही है फोर वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन की ग्रोथ पांच साल के बाद ये शेयर प्राइस कहां पहुंच जाएगी फाइव पॉइंट सिक्स वन और वैल्यू कहां पहुंच जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स ट्वेंटी इंटू फाइव पॉइंट सिक्स वन तो हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो पहुंच जाएगी 112.20 ठीक है ग्रेटर ऑफ रिडम्पन वैल्यू 105 सौ पांच कन्वर्जन वैल्यू एक ग्रेटर ऑफ क्या चूज करूं क्या डिसाइड करूं हमने डिसाइड किया कि ये जो इन्वेस्टर है लाइकलीहुडे कि ये कन्वर्ट करवाएगा ये हमने डिसाइड कर ली तो अब हमारा जो कैश फ्लो बनेगा वो बनेगा इंटरेस्ट और रिडम्पशन की डेट के ऊपर वो हमसे शेयर्स लेगा जिसकी एक्सपेक्टेड वर्थ बनती है एक सौ बारह अब ये एज्यूम करके हम इसका आई अप्रोच से आंसर कैलकुलेट करें कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर पीवी अगेन डिस्काउंट फैक्टर एंड अगेन पी ये टेबल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पेपर आज ठीक है एक से पांच साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और पांचवे साल या तो रिडीम होगा या कन्वर्ट करवा लिया जाएगा ठीक है अच्छा जी आज इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है कन्वर्टेबल डेट की चारी? आज इसकी मार्केट प्राइस चल रही है डॉलर एटी फाइव कन्वर्टेबल डेट एम आई राइट एटीफाइव आज इसकी मार्केट प्राइस चल रही है डॉलर एटी फाइव तो मैंने डॉलर एटी फाइव में इसे खरीदा इंटरेस्ट रेट पर एन एम मुझे क्या मिल रहा है इंटरेस्ट रेट पर एन एम मुझे मिल रहा है आठ परसेंट ठीक है आठ परसेंट का मतलब है कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे इंटरेस्ट हमेशा पर वैल्यू पे मिलता hmm. मिलेगा? है अच्छा, आट after, आट कर लेता हूं अभी इसी वक्त आके क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स होता है टैक्स रेट दिया हुआ होगा तो आफ्टर टैक्स कर लेंगे टैक्स रेट है तीस परसेंट अगर दिखे, बाद दिखे। में भी करेंगे तो चल जाएगा लेकिन बेटर आप उसको अभी आफ्टर टैक्स कर लो। पांचवे साल में मैं कन्वर्जन वैल्यू डाल रहा हूँ एक सौ बारह अशरिया दो ये वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू डाल दी वाई कन्वर्जन वैल्यू बिकॉज इट इज ग्रेटर वैल्यू इन्वेस्टर होगा तो कन्वर्ट करवाएगा सही है अब क्या करूं एक रेट चूज करता हूं अपनी तरफ से लेट मी जस्ट चूज टेन परसेंट टेन परसेंट के ऊपर मैंने एनयूटी टेबल में जाके देखा पांच साल का फैक्टर क्या चल रहा है तो वहां पर मुझे नजर आया थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन और उसका पीवी वी फैक्टर मुझे नजर आया पॉइंट अब कैश फ्लोस को मल्टीप्लाई करते जाएं, तो हमारे पास 85 आएगा और 5.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.791 से तो 21.2 आएगा और कन्वर्जन वैल्यू को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा रफली 69.68। इसको नेट ऑफ करता हूं, 69.68 ट्वेंटी वन Hmm, roughly 90 something so net off तो PV positive value what to do now sir question इसमें. जी. सर, ये आप कह रहे हैं ना आप ये जो परसेंटेज लेते हैं कि डिस्काउंट तो या में हम कैसे करें कि कि क्लोजनेस लेके एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है कई बार ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव आ negative होते हैं हाँ बड़ा अच्छा सवाल है देखो एग्जाम में आपको हमेशा हाँ। टेबल इस्तेमाल करना है वो टेबल आपको दिया जाता है एक परसेंटेज से लेकर बीस परसेंटेज के दरमियान सही है आप पहला फैक्टर आप पहला फैक्टर जो भी चूज करें आपकी मर्जी है आप बीच वाला ले लें सेंट्रल वैल्यू दस परसेंट ले लें ले। सही ठीक है या कुपोन रेट के सात वाला ले लें अगर कुपोन रेट आठ है तो कुपोन रेट ले लें क्योंकि आई आर के आस ही होता है एग्जामिनर आपको ऐसा रेट नहीं देगा कि 25% वाला rate दे दे, 22% वाला rate दे दे, सही है? है लेकिन ऐसे ही just to say that, कि हो सकता तुक्के में कभी ऐसा हो परसेंट आपने 10% पे लिया, उसके बाद आपने 20% पे लिया वैल्यू नेगेटिव ही नहीं हो रही तो आप दो पॉजिटिव पे कैलकुलेट करके छोड़ दें आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपको एग्जाम में इतना मार्जिन कोई एडवेंचर करने का चाहिए और ये बात ध्यान में रखें कि ये जो रेट चूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन होती है तो इसकी बेसिस के ऊपर अगर एक बंदा 8% से स्टार्ट करता है तुमने 12% ले लिया तो आंसर एक्यूरेट नहीं आता एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है कि थोड़ी बहुत आंसर में डिफरेंसेस अलाव हो तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत okay. okay. अच्छा जी अब एक रूल पता है हमें कि अगर दस पे पॉजिटिव आया तो मैं क्या करूंगा बढ़ाऊंगा या कम करूंगा बढ़ाऊंगा पक्की बात है क्यों क्योंकि आपको माइनस है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है इसलिए बढ़ाऊंगा सही है? सो so मैं कहता हूँ कि यार लेट सपोज बारह रख लेते हैं बारह परसेंट मैंने एन फैक्टर चेक किया पाँच साल पे तो यूटी फैक्टर बनता है 3.605 और पीवी फैक्टर चेक किया तो बनता है 0.567 अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास 85 5.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.605 से तो ये बनता है 20.18 और 112 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देस 0.621 अच्छा ये मुझे ना एडमिन ने कहा कि यार कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे हैं जी हम तो फिजिकल क्लासेस लेंगे मैंने कहा भाई ले ले अगर कोरोना वायरस खत्म हो जाता तो हम भी फिजिकल क्लासेस दे देते तो स्टूडेंट बेचारे ये नहीं समझ पा रहे कि ये मसला जो ना चार दिन के अंदर हल हो जाएगा स्टूडेंट तो नहीं समझ पा रहे ये मसला जो ना बहुत लंबा जाएगा इतनी जल्दी खत्म होने वाला है निकलो गली अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, चीज पूछनी थी बताए की ए सी की तरफ से आग्जाम तो पति की बात बताऊँ इंसान की समझ भी कुछ कहती है मोस्ट मोस्ट लाइकली है कि ए एग्जाम कैंसिल करे अभी तो कोई उसका नहीं ये नहीं सुना भी ये बर्ड है न, लेकिन अनाउंस करेगा मेरी लेट्स सी कितनी सही साबित होती तो बड़ी बॉडीज तो तो सी एस अनाउंस करेगा मेरी प्रोडिक्शनिकीम को कैसे मोबिलाईज करेंगे पेपर कैसे बनेगा कंडक्ट कैसे होगा मसाइल कैसे जी हम तो पहुंच नहीं पा रहे के लिए क्या करे घर पे बैठ के देंगे क्या नहीं नहीं बिल्कुल लिए तो तो सही है, सही है बात so, आप लोग अपना माइंड प्रिपेयर जून के लिए रखें लेकिन तैयारी करते रहें रहें तैयारी करते, करते रहे बल्कि आप, तो आप, आप लोगों को तो एडवांटेज है यार मैं आपको टिप दूं आप लोगों को जब ऐसा लगे ना कि ये सितंबर की तरफ जा रहा है तो एक पेपर की तैयारी के बजाय दूसरा पेपर भी उठा लेना चले जी तो हमारे पास एक पीवी आ गई 5.91 और एक पीवी आ गई माइनस वन अब हम इसे इंटरपोलेट करके आई निकालेंगे तो 10 से 12 के दरमियान आई आ जाएगा ठीक है ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं आई मैं सीएफए को भी पढ़ाता हूं तो उसके अंदर फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है जिसमें आई का बटन होता है तो वो तो भी एसी वाले भी वाले अलाउड नहीं करेंगे। बटन ले दबाएं, ले। बटन दबे प्रैक्टिकली ये इतनी मेहनत का काम नहीं है प्रैक्टिकली आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं आपको वर्किंग एज इट इज करके दिखानी आपको डिस्काउंट रेड भी खुद इंसर्ट करने के अंदर वो तो हम एक्सेल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा ठीक ठीक है है मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व परसेंट माइनस टेन परसेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वहां 2 परसेंट बचेगा अच्छा जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो समाट आंसर क्या बनेगा 5.91 पॉइंट नाइन वन प्लस टू वन सेवन पॉइंट मल्टीफाई पॉइंट जीरो पॉइंट इलेवन अब एग्जाम में किसी का आंसर आएगा 11.4 किसी का आएगा 11.7 किसी का आएगा 12 परसेंट सब एक्सेप्टेबल आंसर सही तो असल जो मांगते, मांगते क्या क्लियर है या नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप इतनी डॉट एक्यूरेट कैलकुलेशन एग्जाम में तीन में घंटे नहीं कर सकते सही। एग्जाम आपको पेनलाइज़ नहीं करेगा कि आपने इतनी डेसिमल वाइज करेक्शन क्यों नहीं की ठीक है तो फिर रिडीमेबल डेट में और कन्वर्टेबल डेट की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस हुआ तो रिडेमशन का वही देखते हैं कि बेहतर है या कन्वर्जन बेहतर है, एक छोटा, है गे गे? एक छोटा सा डिफरेंस है एक छोटा सा डिफरेंस है अगर वो क्लियर कर लिया जाए कन्वर्जन